नमस्कार साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका सिविल ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन पर जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एग्जामिनेशन 25 जुलाई 2021 को हो चुका है और एग्जामिनेशन होने के बाद जो कुछ क्वेश्चन थे क्योंकि आपको पता है प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है जिसमें आपत्तियाँ सात दिन के अंदर मांगी गई हैं तो आज के न्यूज़ में ये न्यूज़ थी कि प्री में पूछे गए सत्रह प्रश्नों को लेकर ज्ञापन दिया गया है तो क्या है ये न्यूज न्यूज़ इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ की पोल है वो पोस्ट की गई है वहाँ से जाके आप विजिट करके वोट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स सही हुए कितने क्वेश्चन सही हुए फिलिम्स में प्रोविजनल आंसर के आने के बाद जो आज की न्यूज़ है वो ये है कि एम पी पी एस प्री परीक्षा में पूछे गए सत्रह प्रश्नों को लेकर छात्रों ने दिया ज्ञापन ठीक है पूरी बात क्या है इसे देखते हैं तो पूरी बात यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते रविवार को आयोजित की गई राज्य सेवा परीक्षा 2020 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 में सत्रह प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जिनको लेकर ज्ञापन दिया गया और छात्रों ने ज्ञापन इसलिए दिया कि उनकी ये मांग है कि इन प्रश्नों को इन सत्तर प्रश्नों को विलोपित कर दिया जाए यानी कि डिलीट कर दिया जाए बात क्या है कि ज्ञापन देने आ, ज्ञापन सौंपने पहुँचे छात्रों ने कहा कि जो उक्त प्रश्न पूछे गए थे उसमें हिंदी मीडियम वालों को परेशानी हुई क्यों परेशानी हुई इस पर इस पर भी इस बारे में बताया गया है कि छात्रों ने दावा किया कि उक्त परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र यानी कि जो सेकंड पेपर होता है सी सेट वाला क्वालिफाइंग है हालाँकि वो उसमें केवल राज्य वन सेवा में कट ऑफ डिसाइड करने के लिए वो यूज़ किया जाता है फर्स्ट पेपर का यूज़ राज्य सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए होता है तो ये कहा गया है कि परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण में आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों से बाहर अंग्रेजी भाषा के सत्रह प्रश्न पूछे गए ठीक है अगले वीडियो में वो बात करेंगे हम लोग कौन कौन से सत्रह प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का पाठ्यक्रम में शामिल न होने की वजह से जो हिंदी मीडियम के छात्र थे उनको कठिनाई आई है उक्त प्रश्नों के कारण हम सभी हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों के मेरिट में आने की संभावना कम हो गई है तो जो राज्य वन सेवा परीक्षा वाले हैं उनकी तो कट ऑफ उस पर डिपेंड करती है इसी साइड पर और फ्लिम्स दोनों के मार्क्स एड होते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए भी जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनके लिए भी उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक वो फर्स्ट पेपर में कितने भी नंबर पर आ उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा तो आयोग प्रवक्ता ने बताया कि छात्रों के द्वारा ज्ञापन पर उचित विचार किया जाएगा और आश्वासन दिया है कि आगामी सात दिनों दिनों में उचित निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा तो कुछ ना कुछ इसका सलूशन अगले सात दिनों में देखने को मिल सकता है और बाकी की जो अपडेट्स रहेंगी आपको समय समय, समय से दे दी जाएंगी आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा धन्यवाद